वृषभ राशि के जातक को बुधवार का दिन आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा तो आज परिवार में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी के जातकों आज व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा सामाजिक स्तर पर आज आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी माता पिता की सलाह राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगी भाई बहनों के साथ आज आपके संबंध बेहतर रहेंगे अगर किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा आज आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा और तलाबुला खाने से परहेज आपको आज के दिन करना पड़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए किसी छोटी कन्या का शुक्र करके आज आपको आशीर्वाद देना रहेगा और उनको कुछ मीठा खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन